रेलवे बिका नहीं बिका नहीं हाउ भारत माता की कसम नहीं बिका तेल बेच दिया जंगल दिया अडानी को तेल हवा अंबानी को लाल किला दिया डाल मिया को और ताजमहल की बारी है साहब की लीला न्यारी है देश की बिक्री जारी है और अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते रहे तो आम जनता की बारी है मैडम ये सब बेच देंगे अच्छा। बेचने वाला है तो पहले चाय बेची आप